हम लोग चलते हैं मालवीय नगर के बेकरी एंड कैफे मैंने है सिंपल सा कुछ ऐसे ही खाने आए हैं बट क्या कॉफी सलेड नो चाय कॉम्बोस नो आई नीट प्रोटीन फ्रीक शेक आई नीट प्रोटीन प्रोटीन कैफेज प्रोटीन मील जी जिसमें पता बॉडी मीन्स सो गाडा अवेलेबल हियर बट यस सून एग्जैक्टली ठंडा तो अभी अपन क्या करगा ऑर्डर चाट के कटोरें हमारे फनी नेम क्विक साइड स्लाइडर्स साइडर्स विद साइडर्स ये क्या कह रही है ना बड़ा पाव मुंबई स्टाइल मुंबई स्टाइल वन टू बड़ा पाव या वन वाला दो खाना एंड दो कॉफी And two coffee right okay, okay. And, uh, coffee. So, main honest mm -hmm. mm -hmm. ये लोग बोलते हैं सब देखिन चेता कोई नहीं ah. मैं uh, इसको क्या बोलते हैं बड़ा ना इट्स नॉट लाइक मुंबई का ऑथेंटिक है but, हाँ, मैम वर्ट कॉफी ये सब खाते हैं चलो एन्जॉय यूर मील